सबको नमस्कार अब मैं घर बैठे पैसे कमाने का शेष तरीका आपसे सजा कर रही हूँ दिन में दो घंटे लगाएं और माह में दो लाख रुपए कमाएं। अपने बैंक अकाउंट में जल्द पैसा निकासी का ये बेहद विश्वसनीय सुरक्षित और आसान प्लेटफॉर्म है गेम में आपको केवल अपने उंगलियां चलाते हुए रेफर एंड अंट पर क्लिक कर अपने दोस्तों या अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय गेम सजा करना है इससे भी अधिक पैसे कमाने के और तरीके बाद में विधियों में विस्तार से बताए जाएंगे सबसे पहले अपना रेफरल लिंक कॉपी करें और उसे अपने दोस्तों से सजा करें लिंक से आपके दोस्तों द्वारा की गई डाउनलोड और इंस्टॉल कराने पर आप पाएंगे बीस रुपये दूसरे गेम में आपके दोस्तों द्वारा रिचार्ज कराने पर उनकी तीस प्रतिशत तक की रिचार्ज की राशि भी आपको मिलेगी तीसरा अपने रेफरल को सिखाएं कि गेम को कैसे प्रमोट करें उनके अपने दोस्तों से गेम सजा कराने पर आपके रेफरल आपके सहयोगी बनेंगे गेम को प्रमोट कराने के लिए उनकी कमाई का हिस्सा भी आप पाएंगे सजा कराने के इस अंश पर हमारा अकाउंट सब्सिडी देता है और आपके सहयोगियों की आय प्रभावित नहीं होगी चौथे सहयोगियों को सव्यान के सहयोगी बनाने दें और फिर आप पुराने सहयोगियों द्वारा बनाए नए सहयोगियों की कमाई भी राशि का हिस्सा पाएंगे और आप अपने सहयोगियों के विवरण भी देख सकते हैं जैसे उनका आज का कमीशन तथा उन्होंने कल कितनी राशि कमाई और भी बहुत कुछ मैं आपको कुछ दिलचस्प बताना चाहती हूँ यहाँ सभी गेम प्रमोटर अलग अलग श्रेणियों में बांटे गए हैं उच्च श्रेणी में बढ़ने के लिए आप सेवन को हमेशा चुनौती दे सकते हैं पांच श्रेणियां हैं काथी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम और डायमंड आप जितने उच्च श्रेणी में होंगे आपके रेफरल द्वारा रिचार्ज कराने पर उतने अधिक प्रतिशत कमीशन आप पाएंगे और सहयोगियों से आपको उच्च प्रतिशत कमीशन मिलेगा फिर लिंक पर क्लिक करें अपने करोड़पति जीवन की शुरुआत करें इससे आगे ये हमारे कुछ प्रोमोटर हैं उन्होंने गेम सजाकर बड़ी सफलता हासिल की है